हेलो गाइज तो आज इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट का रिव्यू करेंगे उसका नाम है शर्ब कॉम तो जस्ट आपको आना है गूगल के सर्च बार में और सर्च करना है यहाँ पे शर्ब कॉम यही स्पेलिंग सर्च करना है और ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी तो जस्ट यहाँ पे काम क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे चालीस से ज़्यादा यूजर ये वेबसाइट दिखा रही है और इतने कॉइन्स अभी यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कॉइन्स क्या होता है और कैसे इसे डॉलर में विड किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा फिर यहाँ पे विड्रॉल डॉलर दिखाई दे रहा है कि इतना डॉलर विड हो चुका है यहाँ पे आप कई प्रकार के अर्निंग कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको क्लेम करके रोज डेली आप क्लेम करके एवरी आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप शॉर्ट लिंक करके शॉर्ट लिंक दिया होगा बहुत सारे तो उन पर क्लिक करके आप वेबसाइट विजिट करके अर्निंग कर सकते हैं तीसरा यहाँ पे लॉटरी है तो लॉटरी से भी आप अर्न कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लॉटरी लगी लग सकती है आपकी उसके बाद पी में आपको वॉच ऐड एंड अर्न क्वाइन यहाँ पे ऐड वॉच करके आप अर्न क्वाइन क्वाइन अर्न कर सकते हैं ऑटो फैसट में भी आप अर्निंग कर सकते हैं तो इसी प्रकार कई प्रकार के अर्निंग है कैपचा का भी ऑप्शन है यहाँ पे आप कैचा करके भी अर्निंग कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे जस्ट क्या करना है पहले यहाँ पर रिव्यू दिखा देता हूँ आपको इसका तो जस्ट यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे इसका रिव्यू देख सकते हैं यहाँ पे फोर फोर पॉइंट जीरो की रेटिंग है यहाँ पे हम देखेंगे नीचे आके थोड़ा तो यहाँ पे इन्होंने भी एक्सीलेंट वेबसाइट का बताया है यहाँ पे इन्होंने भी इस साइट को बेस्ट बताया इसी प्रकार का यहाँ पे भी इन्होंने भी फाइव स्टार की रेटिंग दी है बट दोस्तों मैं इस वेबसाइट से कोई आपको मतलब किसी और के रिव्यू से नहीं मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा तरीका बताऊँगा जिससे आप अगर जो यहाँ पर काम करेंगे तो आप एक ही दिन में यहाँ से विड्रा ले सकते हैं आप ख़ुद इसका पर रिव्यू देख सकते हैं कि क्या ये वेबसाइट पे पेमेंट देती है या नहीं है मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखा देता हूं आपको दोस्तों अगर जो ये वेबसाइट पेमेंट देती है या नहीं देती है इसका अगर जो आपके दिल में विभम है तो आप यहां पे आना है रजिस्टर करना और रजिस्टर करके आप जैसे एक टास्क करेंगे आप उसका इंस्टेंटली विड्रॉ ले सकते हैं आप तुरंत विड्रॉ लीजिए अगर जो नहीं मिला तो आप समझ लीजिए वेबसाइट फेक है अगर जो मिल जाएगा तब तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि यह वेबसाइट फेक नहीं है तो यहाँ पे आप काम करेंगे तो जस्ट इस पर आना है और यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट ईमेल आईडी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेट ग्रेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपके जीमेल आई पर एक नोटिफिकेशन लिंक जाएगा उस पर क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा तो सिंपल सा आपको लॉगिन करना है लॉगिन करने के लिए आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपका ऑप्शन खुल जाएगा खुद यहाँ पे इस प्रकार तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग कर लेना तो चलिए हम लॉग कर लेते हैं तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद जस्ट आपका ऑप्शन इस प्रकार खुलेगा आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा आपका यहाँ पर बैलेंस होगा तो जस्ट आप जब यहाँ पर साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस जीरो जीरो शो होगा मेरा तो इस समय 750 पॉइंट्स पचास कॉइन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आपका शो होगा अगर जो दोस्तों आपको जैसे ई मेल आई डी जो एक्टिवेशन लिंक गया कभी कभी वहाँ पे ई बता देता है एक्टिवेशन लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से फिर से आपको इसको रेसेंड कर लेना है और फिर से एक्टिवेट कर लेना है कुछ समय बाद जैसे अगर जो आप किए हैं तो आपको दो तीन घंटे बाद कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जस्ट आप यहाँ पे उससे पहले काम कर सकते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप दो तीन घंटे आप जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक नहीं आया नहीं लिंक किए एक्टिवेट किए हैं जी मेल पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप उससे पहले भी अर्निंग कर सकते हैं जब आप विड्रॉ लेंगे तब उसका ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो सोम सेम यहाँ पे यही काम करना है अब मैं आपको यहाँ पर अर्न कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है अर्निंग का वह है मैनुअल फट तो यहाँ पे पे मैनुअल जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार खुलेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको, करना है। करके आपको, करनी है। आपको यहाँ पे पर डे दस लाख कैप्चा मिलते हैं जो कि आप पूरा करके अर्निंग कर सकते हैं तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आप कितने कैप्चा अर्निंग कर सकते हैं और एक कप्चा के बदले आपको चालीस क्वाइंस मिलेंगे तो यानी कि आप एक कैप्चा फिल कर दें तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको एक मिल सकता है आपका मिनिमम विड केवल दस क्वाइंस है तो यहाँ पे एक कैप्चा के चालीस मिलते हैं तो कैप्चा फिल करने के लिए क्या करना है जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है जैसे यहाँ पे शो हो रहा है मेरा सेवन वन नाइन तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सोल्व करने पर सेवन आएगा तो पहले सेवन सोल्व करना क्योंकि इसमें पहले सेवन है तो जस्ट यहाँ पे थ्री सिक्स प्लस वन है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वन तो वन किस में आएगा तो यहाँ पे थ्री माइनस वन वाला है तो इस पर क्लिक कर दूंगा उसके बाद तीसरा ऑप्शन है नाइन तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन वाला क्लिक कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे योर आंसर यहाँ पे क्लिक करना है ये जो कैप्चा ऊपर सॉल्व हो रहा है दिखाई दे रहा है इस पर इसको यहाँ पे लिखना है तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कैप्चा उसके बाद यहाँ पे गेट रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से कैप्चा को क्लिक देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे कलेक्ट योर रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कलेक्ट योर रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार को होगा उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा तो कलेक्ट रिवार्ड पर जब आप क्लिक कर देंगे सर्फिंग हो जाएगा तो आपका एक कैप्चा फुल हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मुझे कितने कोई कैप्चा थे यहाँ पे 10,000 में से मैंने एक किया था मैंने यहाँ पे दो कैप्चा कर लिया अब मैं चलता हूँ अपना बैलेंस दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे बैलेंस कितना है तो इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे मैंने जस्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरा डैशबोर्ड पर यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा मेरा सात सौ था तो यहाँ पर मेरा सात सौ होना चाहिए तो जस्ट यहाँ पर मैं अपना डैशबोर्ड खोलता हूँ दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे 790 सौ कॉइंस पूरे हो गए तो जस्ट मैंने एक कैप्चा फिल किया और यहाँ पे मैंने भी कलेक्ट कर लिया उसके बाद फिर से इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे कभी कभी क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार नेक्स्ट पेज खुल जाएगा तो आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद फिर थ्री डॉट वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटो फैसेट पर आएँगे तो यहाँ पर डे का पर टाइम का पर डे यहाँ पर वो चलता है ऐसे यहाँ पर चलता है कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए जैसे यहाँ पर जस्ट आपको 10 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे इतने टाइम रुकेंगे हर एक मिनट पे या 10 मिनट बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आपको कभी 10 पॉइंट कभी 20 कॉइंस कभी 30 कॉइंस का ऑफर चलता है तो यहाँ पे आपको उतना टाइम रुकना पड़ता है उसके बाद आपका यहाँ पे आटो फट का कोइंस कलेक्ट हो जाएगा तो मेरे साथ पॉइंट तो है तो यहाँ से मुझे दस पॉइंट का रिवार्ड अभी मिलेगा तो यहाँ पर मैं थोड़ी वेट करूँगा और दस पॉइंट यहाँ पर मुझे कलेक्ट हो जाएंगे तो जस्ट यहाँ पर मेरा दस दस यहाँ पे सेकंड मेरा पूरा हो गया अब यहाँ ऊपर मेरा सर्फिंग चल रहा है अभी सर्फिंग पूरा हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टेन पॉइंट्स हैज़ बीन आइडेड योर बैलेंस गुड जॉब यहाँ पे ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मैंने कर लिया अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर से मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाएगा तो जस्ट अभी थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करना उसके बाद शॉर्ट लिंक का ऑप्शन है इस पर मुझे चौबीस टास्क भी यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिंक पे क्लिक किया अब शॉर्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट लिंक के करके यहाँ पे दिए होते हैं तो उनको जस्ट क्लिक करना है और उस शॉर्ट लिंक को खोलना है उसके बदले भी यहाँ पे अर्निंग होती है तो जस्ट यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिंक पे क्लिक किया है अब मेरा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा तो शॉर्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा तो मेरे पास अभी चौबीस शॉट लिंक है और ग्यारह हज़ार कॉइंस मैं यहां से इससे अन कर सकता हूं और यहां पे ये एनर्जी कॉइंस अर्न कर सकता हूं और यही एनर्जी क्वाइंस आटो फट में आपका काम आता है जितने ज़्यादा एनर्जी कॉइंट होंगे दोस्तों उतने ज़्यादा आटो फट में आपको अर्निंग होगी तो जैसे यहाँ पर ये मैं इसको देखूँगा तो यहाँ पर मुझे सात सौ अर्न होंगे तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पेज खुलेगा यहाँ पे दोस्तों हर जैसे हर ऑप्शन में होता है हर शॉर्टर लिंक में अलग अलग शॉर्ट लिंक का अलग अलग ऑप्शन होता है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब यहाँ पे मुझे दिखाई देगा एक पेज यहाँ पे एड दिखाई देता है शॉर्ट लिंक वेबसाइट होती है वहीं पे ये लिंक शॉर्ट किया होता है तो जस्ट यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखा है यू करेंटली ऑन स्टेप फोर तो चार स्टेप तक मुझे जाना है यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है तो ये पूरा हो जाएगा दस सेकंड का टाइमर होता है तो चार स्टेप तक जाना है सभी में ये ऑप्शन नहीं होता किसी किसी में ये ऑप्शन होता है तो ये टाइमर पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आता है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू इस पर फिर क्लिक करूँगा फिर मेरा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा तो इसी प्रकार आपको कंटिन्यू करते हुए चार पेज तक जाना है तो यहाँ पर मैंने सर्फिंग कर लिया है यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज मेरा खुल गया सेकेंड पेज देखिए यहाँ पर अब फिर यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से चारों पेज देख लेता हूँ तो जस्ट मैंने दोस्तों यहाँ पे करंट करंटली चार स्टेप यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया है मेरा टाइमर भी पूरा हो गया अब मैं क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा फिर मेरा रिवार्ड मुझे 700 सौ पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे जो तो जस्ट यहाँ पर डाउनलोड करने को कह रहा है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा कैंसिल उसके बाद यहाँ से मैं गेट लिंक यहाँ पर ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा क्लिक करने के बाद मेरा रिवार्ड दोस्तों मुझे मिल जाएगा तो सिंपल सा मैं गेट लिंक पे क्लिक कर दिया हूं तो गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद दोस्तों आपका इस प्रकार कुछ सर्फिंग होगा कि आपका जो आइड पे जिस साइड पे क्लिक करे रहेंगे वो सर्फिंग होगा सर्फिंग होने के बाद आपको यहाँ पर रिवार्डेड मिल जाएगा सात सौ का तो दोस्तों मुझे वो ऑप्शन मिल गया अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और देखते हैं क्या मुझे पॉइंट मिले हैं या नहीं मिले हैं तो जस्ट थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और डैशबोर्ड पे आएंगे तो मेरा यहाँ पे 800 पॉइंट था 700 सौ पॉइंट मुझे और मिले हैं तो मेरा 1500 पॉइंट्स होना चाहिए तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या 1500 पॉइंट हो तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 1500 पॉइंट हो चुका है और मिनिमम विड हमारा दस पॉइंट है तो मैं पंद्रह पॉइंट से ज़्यादा मतलब पंद्रह पॉइंट है तो मैं विड्रॉल ले सकता हूँ अब यहाँ पर जस्ट ये ऑप्शन हो गया अब यहाँ थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे तो थोड़ा दोस्तों बैग आ जाएंगे यहाँ पे कभी कभी ऐड आ जाते हैं फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीटीसी होता है यहाँ पे ये यह पीटीसी है पीटीसी में भी आपको यहाँ पे ऐड मिलता है उस पर क्लिक करना है उससे बदले आपको अर्निंग होती है उसके बाद लॉटरी है तो लॉटरी में भी जाके आप अर्निंग कर सकते हैं तो PTC में मेरा इन सभी ऐड मैंने पूरा कर लिया जीरो है तो मुझे जीरो दिखाई दे रहा आपका जब यहाँ पे खोलेंगे तो आपको अगर जो दिखाई देगा तो यहाँ पे आपका होगा और उसे PTC ऐड मिलेंगे आप उस पर क्लिक करके आप अर्निंग कर सकते हैं उसके बाद लॉटरी में भी आप अर्निंग कर सकते हैं तो सिंपल सा इस प्रकार आपको यहाँ पर अर्निंग करना है अर्निंग करने के बाद आपको यहाँ पर विड्रॉल कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर जस्ट डैशबोर्ड पर ही नीचे आना है और यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है जस्ट एकदम नीचे आना है और यहाँ पे आप विड्रवा लेने के लिए क्या कह सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट मेथड यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लाइट क्वन में आप विड्रवा लेंगे जस्ट फोसट पे में अब फौसट पे अकाउंट क्या होता है और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वाइंस का मतलब एक सतोशी होता है अब सतोषी क्या होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ तो जस्ट यहाँ पे आपको 1500 सौ हैं है यहाँ पर अपने वॉलेट आईडी डालनी होगी अभी फर्सेट अकाउंट क्या होता है तो फर्सेट पे क्या होता है तो फर्सट पे एक दोस्तों वो भी अर्निंग का स्रोत है तो वहाँ पे एक अकाउंट एक एक होता है वहाँ से आप अपने पेटीएम में पेटीएम में विड्रा ले सकते हैं फर्सेट पे से तो जस्ट आप फर्सट पे पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके लिए मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ तो जस्ट दो दिन बाद मेरा वो वीडियो आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे आप पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए और अर्निंग कीजिए दो दिन में मैं वो वीडियो बना दूंगा फेस्टिपे पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और वहाँ पे भी मैं कैसे पैसे अर्न करना है वो भी प्रोसेस मैं वहाँ पे बताऊँगा तो बी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको फोसट पे अगर जो अकाउंट बनाना चाहते हैं विड्रॉल तुरंत लेना चाहते हो तो गूगल पे यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं उनको देखकर आप यहाँ पे आईडी क्रिएट कर लीजिए उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और विड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर विड हो जाएगा